हेलो फ्रेंड्स आप लोगों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ एक्सेल में फार्मूला कैसे इनपुट करते हैं और सम एवरेज मिनिमम मैक्सिमम कैसे निकालते हैं तो चलिए एक्सेल के विंडो पर चलते हैं यहाँ पे देखिए एक कंपनी की डाटा दी गई है इसमें एक कंपनी है उसकी कोई कई ब्रांच है कई ब्रांच है उन्होंने प्रोडक्ट सेल्स किया है ये सेल्स है यहाँ पे इसे हम लोग सेल्स का टोटल निकालना है यहाँ पर देखिए कैलकुलेट टोटल सेल्स कैलकुलेट टोटल सेल्स कोई भी फार्मूला लिखने से पहले हमें बराबर का यूज करना है बराबर या प्लस का यूज करते हैं तो यहाँ पे हम बराबर लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे सम निकालना है यानी टोटल निकालना है तो आपको सम लिखना होगा सम लिख देंगे उसके बाद सम लिखने के बाद ओपन ब्रेकेट लगाएंगे उसका उसका डाटा का रेंज लिखेंगे यहाँ पे डाटा रेंज लिखेंगे सेल्स कहाँ से कहाँ तक है इसे हम माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा माउस से सिलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे सिर्फ इंटर आपको प्रेस कर देना है देखिए यहाँ पे टोटल आ गया कैलकुलेट यहाँ पे कैलकुलेट टोटल सेल्स यानी कि सेल्स जितना भी है सब काउंट हो गया सब यहाँ पे एड हो गया सम निकल गया अब हमें निकालना है सेल्स का जैसे एवरेज निकालना है देखिए यहाँ पे एवरेज लिखाना है एवरेज निकालने के लिए भी आपको बराबर लिखना है उसके बाद एवरेज लिखना, लिखना है ए एवरेज लिखना है एवरेज देखिए नीचे थोड़ा सा मैं ए भी सिर्फ टाइप किया नीचे देखिए यहाँ पे एवरेज आया है उसके आपको एरो बटन से नीचे उसे एवरेज पर ले जाने के बाद आपको टाइप प्रेस करना है एवरेज सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें भी रेंज लिखना है तो हम मैं मालूम है कि रेंज कहाँ से कहाँ तक है देखिए यहाँ पे माउस से सेलेक्ट कर लेंगे रेंज को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद ओके कर देंगे सिर्फ इंटर दबा देंगे इंटर दबाने के बाद यहाँ पे देखिए एवरेज लिख लें मैक्मम निकालने के लिए यही ऐसे ही सिर्फ निकालना है आपको बराबर लिखना है मैक्स लिखेंगे एम ए एक्स मैक्स लिखने के बाद नीचे आ जाएगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे माउस से सेलेक्ट कर लेंगे या की से कहीं से माउस से सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं माउस से या की से सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद यहाँ पे रेंज लिखना है देखिए यहाँ पे रेंज लिख देता हूँ मैं C2 C2 सी टू कॉलन लिखना के C15 मैंने C2 टू और सी क्यों लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पे पहला सेल्स जो है C2 में है और लास्ट जो सेल्स है यहाँ पे C15 में है तो ये दोनों को लिख देना है सिर्फ पहला और लास्ट लिख देंगे कॉलन लगा के पूरा हो जाएगा रेंज उसके बाद क्लोज ब्रैकेट लगा के आपको इंटर प्रेस कर देना है देखिए आ गया मैक्सिमम लिख ले अब मिनिमम निकालना है आपको मिनिमम निकालने के लिए जैसे मिनिमम निकालने के लिए आपको मिनिमम लिखना है बराबर लिखना है उसके बाद एम आई एम मिनिमम लिखना है देखिए नीचे आ गया नीचे यहाँ पे मिनिमम आ गया इसे सिलेक्ट कर लेना है माउस से या की से की से सिलेक्ट करने के लिए आपको एरो बटन से मिनिमम पर जाएंगे उसके बाद टेम्पन प्रेस करेंगे सेलेक्ट हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे वैसे एड्रेस लिखना है आपको या माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं देखिए यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं रेंज सेलेक्ट करने के बाद प्रेस कर दूंगा देखिए एवरेज भी लिखल गया एवरेज कह रहा हूँ मिनिमम भी लिखल गया नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा इफ़ समवरेज इफ़ मिनिमम इफ़ मैक्सीम कैसे लिखा कंडीशनल होगा उसमें